अनव के के सामने थाइमस ग्रंथि पाई जाती है जो चेस्ट वाले हिस्से में होती है और अग्न्याशय में यानी कि पैंक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन निकलता है इसकी कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है जिसे भी बोलते हैं